क्या हकीकत है क्या कहानी है सामने मेरे मेरे सपनों की रानी है अब सहाना जाए मुझसे दूरी तो खाए गम जान मेरी जा रही सनम